को सवाल पूछी तरह पूछो मर दे अच्छा तारा मुड़ी पर हम बम रख दी तो पहले तार मुड़ी फूटी की बम फूटी पूछे ला सवाल पहले बम फाटी गोला पहले तार गार फाटी <laughs>